सिंगरौली में नवगठित नगर परिषद बरगावा में शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ शपथ ग्रहण में नगर परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पार्षद ने पद और गोपनीयता की शपथ ली इस मौके पर प्रशासन के साथ बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे सिंगरौली में नवगठित नगर परिषद बरगावा में शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रभारी मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में विधानसभा के लोकप्रिय विधायक राम लल्लू वैश्य चितरंगी विधायक अमर सिंह देवसर विधायक सुभाष रामचेत वर्मा के साथ कलेक्टर एवं नगर निगम कमिश्नर और प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी मौजूद है शपथ ग्रहण में नगर परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पार्षद ने पद और गोपनीयता की शपथ ली तो जो हमारी चीजें रो गई थी विकास जो हमारे बसे थे विधायक जी ने बहुत सी ऐसी बताई है यहाँ पर तहसील की बात बताई सीएम स्कूल की और की बात बात बताई, बताई, आपके सामुदायिक स्वीकृति भोषण साहब जुड़े हैं वो खबरें जो आपके काम की है